चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है इसमें कहा गया है बिहार में यदि किसी पर्सन का दुर्घटना होता है और उस व्यक्ति को कोई दूसरा अस्पताल पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को पहुंचाने वाले को पाँच हज़ार रुपये दिए जाएंगे राशि प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी तथा पुलिस उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है गवाह के लिए तथा अस्पताल उस पर्सन को इलाज करना सर्वोच्च प्राथमिकता है उस व्यक्ति से पैसे का डिमांड नहीं किया सकते जो व्यक्ति पहुंचाया है तो चलिए इस न्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित सूचना वीडियो आप तक सीधे पहुँचे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे पाँच हज़ार रुपये ये पाँच हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर मिलेंगे तो चलिए इस न्यूज़ को हम देखते हैं यहाँ है। देख सकते हैं राज्य सरकार सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को सम्मान के साथ पाँच हज़ार रुपये भी देगी परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है यहाँ देख सकते हैं जो व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाएगा उसे सम्मान के साथ पाँच दिए जाएंगे परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया और इसे मंजूरी के लिए भी महीने कैबिनेट में भेजा जाएगा यानी प्रस्ताव लाया है कैबिनेट में भेजा जाएगा कैबिनेट से मंजूरी मिलते हैं इस नियम को लागू कर दिया जाएगा बिहार में और ये प्रावधान होगा कि कोई व्यक्ति किसी घायल आदमी को अस्पताल पहुँचाएगा तो पाँच उसे दिए जाएंगे दरअसल राज्य में सड़क हादसे होने पर घायलों को अस्पताल पहुँचाने वालों की संख्या काफ़ी कम है जबकि अगर घायलों को बिना देरी अस्पताल पहुंचाया जाए तो मौत कम हो सकती है यानी समय के अनुसार समय से किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो मौतें कम हो सकती हैं डर के मारे कितने लोग किसी व्यक्ति घायल व्यक्ति को छूते तक नहीं है ताकि वे फंस जाएंगे किसी प्रकार का लफड़ा हो जाएगा पुलिस का चक्कर हो जाएगा इसलिए विभाग ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए नकद देने का भी निर्णय किया सम्मान के साथ नकद दिख जाएगी अब तक ऐसे लोगों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता रहा इससे पहले ऐसे लोगों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता था इसके तहत तो 18 में 17 2019 में 117 2020 में 245 से पैंतालीस में एक लोगों को सम्मानित किया जा चुका मालूम हो कि तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या कम नहीं हो पा रही आपको पता होगा बिहार में सड़क हादसे से मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो पा रही है दो हज़ार उन्नीस में सबसे अधिक बहत्तर लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु हुई थी जो सबसे ज़्यादा था यहाँ देख सकते हैं सड़क हादसे मौत को कम करने की कवायद शुरू कर दी गई है परिवहन विभाग ने सम्मान के साथ नगन देने का भी प्रस्ताव बनाया है इसी माह कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी यानी इसी माह कैबिनेट से मंजूरी भी ले ली जाएगी यहाँ देख सकते हैं गवाह बनने के लिए पुलिस नहीं बना सकती है किसी प्रकार का दबाव दबाव इलाज को अस्पताल नहीं मांग सकते हैं पैसे तो एक किस टर्म एंड कंडीशन में मिलेंगे टर्म एंड कंडीशन में दबाव नहीं बना सकते चलिए इस देखते हैं सड़क हादसे में घायलों को बेहिचक मदद करने वालों को पुलिस जबरन गवाह नहीं बना सकती है घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को पुलिस अपना नाम पहचान और पता देने के लिए बाध नहीं कर सकती है यदि कोई गुड्सम रिटर्न पुलिस थाने में सुरक्षा से जाने का चयन करता यानी पुलिस किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है यदि गुड इम रिटर्न यानी अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से चाहता है कि नहीं हम जाएं बयान दे अपना तो दे सकता है तो इससे बिना किसी अनुचित विलंब के एक तरह संगत या समयबद्ध रूप से एक ही बार पूछताछ की जाएगी यानी सम्मान के साथ उससे पूछताछ भी की जाएगी और एक ही बार की जाएगी बार बार उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा मदद करने वाले व्यक्तियों को पुलिस अस्पताल प्रशासन से किसी प्रकार की परेशानी न हो ये हिदायत भी प्रस्ताव में तैयार किया गया है इलाज को अस्पताल नहीं मांग सकते हैं पैसे जो नियम बनेंगे कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये नियम लागू कर दिए जाएंगे बिहार में कि किसी भी सूरत में उस व्यक्ति से पैसे की डिमांड अस्पताल नहीं कर सकता है किसी भी परिस्थिति में जख्मी व्यक्ति को निकटवर्ती सरकारी व निजी अस्पताल या देखिए दोनों दिया गया है सरकारी हो या निजी हो उससे मतलब नहीं रखता उस व्यक्ति से पैसे नहीं लिए जाएंगे अस्पताल में लेकर आने वाले गुड सेमरिटर्न से किसी भी तरह के निबंधन शुल्क या अन्य संबंधित पैसे की मांग नहीं की जाएगी यह मांग तभी की जाएगी वो व्यक्ति जब वो जख्मी व्यक्ति को लाने वाला उसका संबंधी हो यानी वह व्यक्ति जो घायल है और जो ले जा रहा है वो संबंधी होगा तभी उसे पैसे मांग सकते हैं घर का होगा तभी अनजान व्यक्ति से जो पहुंचा रहा है उससे पैसे नहीं ले सकते हैं यहाँ देख सकते हैं अस्पताल की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि इलाज जो है अस्पताल की सर्वोच्च प्राथमिकता है जान बचाना क्योंकि इलाज में विलंब से जान भी जा सकती है यहाँ देख सकते हैं सभी डाटा दिया गया है बिहार में वह सड़क हादसों में हताहतों की संख्या यहाँ टोटल दी गई है चौदह से बीस तक ये दिया गया इसे आप पढ़ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज कही जाएगी बिहार सरकार के द्वारा प्रस्ताव बनते ही ये लागू कर दिए जाएंगे बिहार में बहुत बड़ा स्वागत योग्य निर्जय निर्णय है ताकि इसमें बहुत से लोगों को जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें हताहत होने से मृत होने से बच जाएंगे धन्यवाद